पैदल हज यात्रा पर निकले शिहाब चितूर को नहीं दिया वीजा अब शाही इमाम ने मोदी जी से की है मांग हज यात्रा के लिए पैदल निकले केरल निवासी शिहाब चितूर को पाकिस्तान ने वीजा देने के इनकार कर दिया है पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए वीजा ना देने की बात कही है मजिदी सहराज इस्लाम के मुख्यालय में शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी गुद्वानवी ने कहा की शिहाब चित पंजाब ऐसी गुजर रहे हैं तो उनसे कई बार मुलाकात हुई यह बात सामने आई है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास ने पैदल हज यात्री को धोखा दिया है पाकिस्तान के दिल्ली स्थित दूतावास ने पहले तो शेह चित्तूर को आश्वासन दिया कि आप पैदल हज यात्रा शुरू कर दो जब आप भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पहुंचोगे तो आपको पाकिस्तान का वीजा दिया जाएगा तब पाकिस्तान दूतावास ने यह कर दिया था की पहले वीजा देने ऐसी उसकी अभी हो जाएगी इसलिए सड़क आरोप पहुँचते ही शेह चित्तूर को वीजा दे दिया जाएगा शाही इमाम पंजाब ने कहा कि जब शिहाब चित लगभग 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके वाघा बॉर्डर के करीब पहुंच गया है तो पाकिस्तान की सरकार ने अपनी आदत के मुताबिक अब वीजा देने से साफ इंकार कर दिया है पाकिस्तान के अफसरों के इस रवैये से हैरत है धोखा देना पाप की पुरानी आदत है शाही इमाम ने कहा की भारत के मुसलमानों ने कभी पाकिस्तान सरकार ऐसी कुछ नहीं चाह पचहत्तर वर्षो में पहली बार एक भारतीय मुसलमान पैदल हज के लिए जब मक्का शरीफ जा रहा है तो पाकिस्तान उसको अपनी जमीन ऐसी गुजने भी नहीं देना चाहता शाही इमाम ने कहा कि पाकिस्तान सरकार को शर्मानी चाहिए दुनिया भर में इस्लाम के नाम पर ढिंडोरा पीटने वाला देश शिहाब की हज यात्रा की राह में रोक कर रहा है मौलाना उस्मान ने बताया कि इस विषय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मेल द्वारा पत्र लिख दिया है और यह मान की है कि पाकिस्तान की बजाय चीन के रास्ते मक्का जाने के लिए भारत सरकार शिहाब चित्तूर की मदद करे ताकि पूरी दुनिया के इस्लामी देशों के सामने पाकिस्तान का गोबला चेहरा बेनकाब हो सके अगर तुम हमें वीजा नहीं दोगे हमारे यात्री को वीजा नहीं दोगे पैदल यात्रा करने का वहाँ ऐसी मक्का जाने का वीजा तो ये सारे रास्ते जो इस्लाम की तरफ जाते हैं पाकिस्तान ऐसी हो नहीं जाते मक्के की तरफ जो रास्ते गुजरते हैं मदीना मुनवरा में तुम एक आशिके रसूल को इसलिए रोकना चाहते हो कि उसका जुर्म है कि वो भारत में पैदा हुआ यही गुना है उसका अगर तुम ये कहते हो कानूनी पैचीदगियां हैं फिर इस्लाम के बना कोई कमी भी होती तुम खुद पूरी कर देते यार, पे इसको वीजा देने के लिए तैयार पैदल हचवे जा रहा है लोग देखिए अब बिना कानूनी किसी कार्रवाई के हमारी जिस स्टेट में से गुजरा है चाहे उस स्टेट में भाजपा की सरकार थी चाहे उस स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी चाहे किसी स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार है हर एक स्टेट ने इस पैदल यात्री को प्रोटोकॉल दिया हर एक स्टेट ने इसकी सिक्योरिटी का प्रबंध किया हर एक स्टेट ने अपने ऑफिशियल साथ में लगाया कि यार मक्के जा रहा है मदीना जा रहा है पहली दफा कोई भारतीय हमारी इतनी रियासतों में से गुजर के आ रहा कहीं कोई परेशानी नहीं तुम्हारे दरवाजे में पहुंच गया आप अकड़ गए क्या बात है क्यों अकड़ गए जी आप तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान से होके बगैर मक्का नहीं जाएगा जाएंगे अल्लाह के घर पे रसूल के पर जाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती दुनिया की। अगर आप वीजा नहीं देंगे तो शाह इन शह चाइना के रास्ते तजाकिस्तान तो होते हुए मक्का शरीफ पहुंचेंगे हम आपके आगे हाथ नहीं फैलाएंगे भी मांगे मैं भारत के प्रधानमंत्री मान्य श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और आपने जहाँ सबकी बात की है जहां आपके सारे राज्यों में से शहाब चतुर गुजर के पहुंचा है मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारे विदेश मंत्रालय को आदेश दें कि शहाब चतुर की जो यात्रा है इसको चाइना के रास्ते इसके प्रबंध करवाए जाएं। चाइना सरकार से बात की जाए तजाकिस्तान सरकार से बात की जाए अल्लाह तला ने आपको बड़ी ताकत दी है अल्लाह तला ने आपको इस मुल्क की सरबराही अता की है